हेलो कैश तो आज हम करने वाले हैं क्या करने वाले हैं oh no. भाई करने क्या वाले थे भूल गए यार रुक जा सोचने दो तो पता चल गया यार फैक्ट्री में उतरेंगे और कुत्ते की तरह मारेंगे साले चूतर चूत चूतर, चूतर फाड़ देंगे छाले को तो भाई चले सीधे हम लोग उतरते हैं फैक्ट्री पे और देखते हैं कितने एनिमी भाई सब एक स्कूट या तो हम तो खाएंगे तो उतर चुके हैं यहाँ पेड़ी के ऊपर और एनिमी किधर भाई भाई भाई, भाई भाई भाई भाई भाई भाई इसको क्या हुआ <laughs> भाई ओ था ओके. भाई मेरा किल चोरी कर लिया इसने साले ने कु ने मेरा किल चोरी कर लिया भाई हाँ भाई इसके में नोक हो गया और टेंशन नहीं बस इसको मैं गिलचोरी कर लेता जल्दी से मैं चोरी कर ले मुझे गन मिल गया अभी सब सब भागेंगे साले। तरह भागेंगे साले की चोरी करने में हम तो उस्ताद चोरी करने में हम तो उस्ताद और ये लाल टोपी वाला किधर भाग रहा है बाप रुक रुक जा जा ओ दिल दीवाने पूछू तो मैं जो रुक जा जल्दी से लूट लेते हैं फटाफट फटाफट से लूट लेते हैं भाई सब क्या यार निकिता सब लेके चला जा रहा है चलो जल्दी से जल्दी हम लोग चलते है उस रेड वाला को ढूंढ के भाई मरा वो नहीं भाई रेड वाला किधर है भाई किधर है किधर है किधर है किधर है भाई सब है, मुझे गया ये है ये रुक रुक रुक रुक रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा जा ओनली का था बम्बू गिर गया तो भाई यहाँ पे तो हम लोग को एनिमी खत्म हो चुका है और सीधे चलते हैं नोक की तरफ और देखते हैं कितने एनिमी वहाँ पे मिलते हैं क्यों गाइस बराबर से चलते हैं ज्यादा टाइम खोटी करते हुए ओके तो सीधे आ चुके हैं हम लोग पोचिन की तरफ और एनिमी स्पॉर्ड आते हुए हम लोग करते हैं इसको हेड मारने का ट्राई और तो है। रोज हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे रोज आते हैं तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों